भाजपा सरकार ने एक खुशखबरी दी थी कि वो लाडली लक्ष्मी योजना चलाएगी इसी के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है इस योजना के लिए आवेदन 15 मार्च से भरे जाएंगे आवेदन भरने में प्रशासनिक कर्मचारियों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता भी मदद करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कैबिनेट में आज ऐतिहासिक फैसला लेकर लाडली बहनों को खुशखबरी दी है मुख्यमंत्री चौहान ने लाडली बहना योजना के साथ अन्य कई योजनाओं को अनुमोदित कर दिया है लाडली बहना योजना के अनुसार उनकी जिनकी उम्र तेईस साल से ज्यादा की होगी उनके खाते में हजार रुपए माह डाले जाएंगे साथ ही 60 साल से ऊपर की माताओं को हजार रुपए वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी पांच मार्च को इन योजनाओं को लॉन्च किया जाएगा इसके बाद होली और रंगपंचमी के बाद पंद्रह मार्च से योजना के लिए आवेदन भरे जाएंगे मार्च अप्रैल में यह आवेदन भरने का काम पूरा हो जाएगा फॉर्म भरवाने में सहायता के लिए प्रशासनिक कर्मचारी के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना का लाभ हर वर्ग की बहनों को मिलेगा गांव से लेकर शहरों तक में शिविर लगाकर आवेदन भरवाए जाएंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में हमने यह फैसला किया है कि हमारी बहनें, चाहे वो किसी वर्ग से किसी जाति से आती हूं बहनों में कोई भेद नहीं जिनकी उम्र तेईस साल से ज्यादा की होगी उनके खाते में एक हजार रुपया प्रति माह डाला जाएगा साठ साल से ऊपर की उम्र के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू है लेकिन वो अभी छह सौ रुपया मिलती है उसमें भी हम और राशि जोड़ के उसको भी एक हजार रुपया न्यूनतम करेंगे तो साठ साल से ऊपर की बहनों को एक हजार रुपया मिल जाएंगे हमारा लक्ष्य है कि बहनों को हमने राजनीतिक रूप से सशक्त किया सामाजिक रूप से सशक्त किया